अल्पी भेड़ दुखी लंगोट लगाई दयारी टोपी शिर पर राखो और जा। पहली भक्तिरो दया है जिन भाई भाई, भाई दया है कई भक्ति कर सकते दया धर्मरो मूल है पाप मूल अभिमान तुलसी दया न छोड़ी है जब लग गठ में प्राण इन बार से आदमी ने लंगोट लगाई, पर राखो और बन इ खबरदार हो देखो महात्मा लिखियो पर नारी से आदमी करना देख दूर से डरना रे से रो कांटो, देख देख रे देख नारी दर दर तो पर नारी में से दे करना देख दूर से डरना रे आशा साल बार से मां ऐसी माध्यम सदगरू देना माल फटाना राखो जुगत मे पावृति घटना की नहीं है दिन दिन सवाई देखो, दो दो गयो। गयो। बाद भी बाद भी तो, तो, दो बाजू भी वस्तु आज दो मुंग दे दी जाओ भाई लो एक चलो तो में पान में गाल थेलो अपने लीला छोटी बहुत मटकी तोड़े द ऊपानी तोड़ते हैं हिनान कर दे भाटों का न मेल दियो ऊपानी जातो रे बहन यूं करने में एक मुंग्री सेवा करी और दुबोबिया मुंगेगा दुबोबिया मुंग दांतों दर दिया जख़्म पर चार देता है दुबोबिया मुंग बाया दांत मुंडों मरेगा इसी साल मुंडों मरने मुंग बाया होला भर दिया होला अबे आया भाई बच्चे एक छेल्लो तोड़िया मु तीन साधे ये मत तो मारो आप कृपा मन और और देख ले तो तो ने भक्ति गया भाई छूट में पक्को है तो भक्ति खजाना जुगत लगाई रति घटने नहीं है दिन दिन वो तो हो तो सवाई अब तुम खबरदार भाई रहोन नहीं कमाई कोई वस्तु लिए आप भले गाड़ी लाव ट्रेक्टर लाव भले घर में पानी वे में मारे है बहनी है और जिन करे और गाना गा दे रोजी गरमराज आया तेरा पास तू पास रे हो वाला तेरा पास भाई भाई महाराज ये लोरे माल खेड़ को देई होनु को जिनो दर्श सुना कोला ये अंदर से ना मार फाड़ ले हम हर बनाओ ना जदो होनो बनायो रे लो पासो गरमा में आयो नाठवाठो जोत जो तो जाए जो दस दिन पूरा होगा गुरु आएगा भाई मारो पर्सो बा So, अपना जीव है, जीव है। ले ले। और तो न न शरीर में बसाई दियो करनो करना तो कर लो भैया जीव राजा में बिरा दीओ इस निकल गो उन भजन हाँ, में दो को होनो लो करे कपल ने करो कमाई लगाई अंदर छोर लगे घाट घड़ाई खबरदार अरे परिधि बजे ठमकाई ज्ञान के पर जीव ने मजे आठ रामजी छोड़ना बेहता जाता देखो, देखो जीव है दे। राम जी डोरी में में में डोली नींद चलती नहीं। पार पार करी राम राम राम बुद्धि उम्र नाव लेवे कोनी देखोड़ी रा भाई भाई तो फिन तो रोज पड़ी पर याद के तो हरदम रे जगाई अब तुम खबरदार रहो भाई सदगुरु से भोले राम जी महाराज